लग जागले के फिर हसीरात हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो लग जाग पल को पे गए जैसे मेरे सपने बिखर गए जलम तेरा भी किसके मिलन को अनामी का तू भीतर गे मेरी भी की लकीरों से मिले हो तुम आपको बड़े चुराए हैं मैंने किस्मत की लकीरों तुम घर के सुना तुझे हमने महाभक्त का खुदा जाना ने वादा किया था जो मिल के पूरे जीवन में लाया था मेरे सवेरा क्या तुम्हें याद है तेरी तुमसे प्यार करते हैं आंखों से तु... मेरी किरणी दर पर सनम चले आए ना तो हम चले आए चले आए चले आए धीर दर पर सनम चले आए राजा को रानी से प्यार होकर पहली नजर में पहला दिल मेरा छुराया क्यों जब ये कभी कहने से डरता है ओ मेरे साजन, ओ मेरे मेरे मेरे साजन साजन साजन साजन साजन तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है क्या करू हाय कुछ कुछ होता है क्या करू हाय कुछ कुछ होता है चांदनी जब रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छो हो ये तो प्यार सजना लाख कर ले तू इंकार सजना हो क्या है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तू इंकार सजना है ये प्यार सजना है ये प्यार सजना तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है सनम से कहा जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम यू एक पल की भी जुदाई सही तू एक पल की भी जुदाई भी सही जाए ना क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए हाँ आ जाना तू मेरे पास तू का इतना प्यार मैं कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में बताओ जज्बात ये मेरे मैंने खुद से भी ज्यादा तुम्हें चाहिए तुमको बताए तुझे पहचीद है चाहे तुमको चाहे जानिया कुछ तो कृष्ण हाँ, जब नी की तरफ झुकने तर लगे कर सुबह तक रुकने लगे आंखों आंखों में इकरार होने लगे बोल दो कर है प्यार होने लगे हाँ ना, ना तो मेरे तुम मेरे चल बना में कैसे बताने के राजू चन्ना मेरे या मेरे यहाँ चन्ना मेरे या दाना nah, nah, nah. Sara mudwa जो रवा मुझको फिर संग, संग बेकरारी कभी कभी मेरे दिल में खयाल है जैसे तुझ तो वहां